तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला है जेके एस के न्यू अपडेट के बारे में तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करें बैल नोटिफिकेशन भी ऑन करें और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें तो गाय चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइज़ हम आ चुके हैं जेके के ऑफिशियल वेबसाइट पर तो गाइज यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बात करना चाहूँगा एडवर्टीजमेंट नंबर वन क्लास फोर्थ के बारे में तो गाय इस वहां पर मैं आपको बता दूं जैसा कि आपको पता है जो मतलब कि उनका जो है कोरोना का को दौर चल रहा है उसका जो रिजल्ट जो है बहुत लेट आने के चांसेस हैं ठीक है मतलब कि अप्रैल में तो नहीं आ सकता मई 10 के बाद ही आएगा मतलब महीना तक लग सकता है और उसके बाद अगर, अगर आपको डाउट है कहीं पर भी अगर आपको कितना मेरिट जाएगा वो गाय मेरे को कॉल कर देना मतलब कि व्हाट्सएप मतलब यहाँ पर कमेंट कर देना मैसेज कर देना और गाई चलिए चलते हैं मैं चलता नए अपडेट के बारे में तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि एक नंबर का नोट लिंक आ गया था अप्लाई करने का अब जो है वहां पर एडिट का ऑप्शन आ गया ठीक है यहाँ से आप जो है अपनी प्रोफाइल को मतलब की वो करके आपका तो सारा बताऊंगा वीडियो में बढ़िया रहना तो गाई क्या करना आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर ठीक है क्या लिखा होगा यहाँ पर ठीक है एडवर्टीजमेंट नंबर जॉब नेम फॉर डिस्ट्रिक्ट एडविटेट ठीक है ये आप दिया ठीक है तो वहां पर आपको क्या करना है आपको इस साइड पे एक्शन वाला जो आ रहा है यहाँ पर व्यू योर अप्लीकेशन यहाँ पर आपको ई और पासवर्ड देके जो है लॉग करना है उसके बाद जो आप अपनी प्रोफाइल को जो है एडिट कर सकते हो ठीक है एडवर्टीजमेंट नंबर टू का बात कर रहा हूँ ठीक है जो मतलब कि ड्राइवर्स वगैरह की प्रोसेस निकली थी यहाँ से आप जो है अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो तो गाइस इतना ही था नया अपडेट तो मिलता है वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ तब तक लिए जया हिंद वे मातरम का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर कर दें थैंक यू